realme narzo 30 unleash the power realme डियर फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं Sony Motion दोस्तों आज मैं realme narzo 30 के बारे में आपको बताऊंगा ये मोबाइल अभी मुझे लग रहा है कि 10-12 दिन हुआ लॉन्च हुए इस मोबाइल की बहुत की बेस्ट है और इस मोबाइल में खासियत क्या है आप हमें मैं खुद बता रहा हूं आप इसका प्रोसेसर जो देखेंगे गेमिंग प्रोसेसर है जो कि Helio G99 के भाई के नाम से आता है और ये गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है जो कि पबजी उबजी खेलने के लिए सही रहता है और इसमें स्टोरेज इस भी काफ़ी है आपको स्टोरेज इस इसका अट्ठाईस जी स्टोरेज है और इसमें आप अगर एक सौ में देखा जाए तो आप 28000 हज़ार फोटो प्लस चार सौ पचास टी भी आप इसमें रख सकते हैं जो कि बहुत होता है एक इतना जल्दी नहीं भरता लोग ऑनलाइन सब कुछ देख लेते हैं और इसके कैमरे अगर मान लो मोबाइल ले और कैमरा ना अच्छा रहे तो फिर एक बेकारी है तो मोबाइल में इसके कैमरे की भी क्वालिटी भी बेस्ट है और इसमें कैमरा आपको मिल जाता है और फोर्टी एट का ब्लैक एंड वाइट पोर्टलेबल लेंस है अल्ट्रा माइक्रो है जो फोर सेंटीमीटर मीटर फिक्सिंग डिस्टेंस लगता है और इसमें पाँच हज़ार की आपको बैटरी मिल जाती है पाँच एम आर की एम एट बैटरी बहुत ही ठीक होता है और तीस वाट का इसमें आपको चार्जर मिल जाता है तो बहुत ही ठीक रहता है मोबाइल और इसमें आपको फिंगर जो है बैक पीछे फिंगर नहीं मिलेगा ये आपको ऑन ऑफ स्विच के पास में ही यानी ऑन ऑफ स्विच में ही वो इसका फिंगर भी मिलेगा और, और भी इसमें बहुत खासियत है मैंने ये पच्चे इसका जो चार्जर है ठ मिनट में आपको चार्ज करके फुल करके देगा और डिस्प्ले इसमें आपको साढ़े छः इंच का डिस्प्ले मिल जाता है और 95 95.5 का स्क्रीन टू बॉडी रेटिंग मिल जाता है और 2400 सौ बाई एक हजार अस्सी का आपको रेजुलेशन मिल जाता है पाँच सौ नाइट्स का सनलाइट मोड मिल जाता है तो ये मोबाइल मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है मैंने इसको खुद भी इसका रिव्यू किया हूँ तो ये मुझे ठीक लगा मोबाइल तो सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बता दूँ अगर मोबाइल आपको अगर लेना हो तो ये मेरे हिसाब से रियल मी का बेस्ट ऑप्शन आप आपके लिए रहेगा तो दोस्तों आप इसको गौर कीजिएगा देखिएगा मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट आप भी इसको परचेज करके देख सकते हैं या फिर किसी ने लिया होगा तो इसको आप चला के देख सकते हैं तो दोस्तों मेरा ये सजेशन कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट बाक्स में बता सकते हैं अगर वीडियो में कोई कमी होगी तो अभी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं क्योंकि मैं अगली बार इसके बाद सुधार करूंगा तो मिलते हैं दोस्तों तब तक, तक किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद